छतरपुर में एक छात्र के बैग से कोबरा सांप निकला जिससे पूरे स्कूल में दहशत फैल गई हालांकि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई और कोबरा सांप को मार दिया गया। छतरपुर के एक प्राथमिक स्कूल में उस समय बड़ा हादसा होने से बच गया जब पहली कक्षा के छात्रा के बैग से कोबरा सांप निकला बताया जा रहा है की छात्रा ने पेंसिल निकालने के लिए बैग में हाथ डाला था उसे कुछ महसूस हुआ जिसके बाद उसने टीचर को बताया टीचर ने सावधानी पूर्वक बैग को उठाकर मैदान में रख दिया